सबसे पतली वाली गाजर है ना उसे बजाएगा ना करो जुम करो जुम करो ये तो टूट गई यही नहीं सुनिए क्या हे भगवान तुझे कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कहा था आराम से नहीं कर सकती थी, थी क्या अच्छा ठीक है अब एक काम कर अब वो, वो दूसरी वाली गाजर उठा जो उससे थोड़ी मोटी है